आप सबके सामने मैं पहली बार आया हूँ मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्या क्या, क्या करूँ आज हम बताने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट क्या क्या में होता है यही जानने वाले हैं सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आलू शक्कर कन कर गुड़ तरबूज जौ गेहूँ मक्का बाजरा ये सभी के सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है तो यहाँ पर आसानी से देख लीजिए याद रखिएगा यहाँ पर जितने आपको दिख रहा है सब में कार्बोहाइड्रेट होता है वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आज मैं सबके सामने पहली बार आया हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा चलते हैं अगली वीडियो में जय हिंद जय भारत